हेलो फ्रेंड्स गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज मैं आपने इस वीडियो में आप सबको मोदी केयर का वेल प्रोडक्ट है ओमेगा थ्री फाइटी एसिड जिसके बारे में आज बताऊंगा क्रील ऑयल से यह बना होता है और यह क्रील जो होती है एक प्रकार की झींगा प्रजाति होती है यह अंटार्कटिक प्रशांत महासागर जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है वहाँ का नम मौसम होता है वहाँ का शीतल मौसम होता है वहाँ के झींगा की जो प्रजाति होती है उससे या जो आयल निकाला जाता है और निकाल करके यह कैप्सूल या, या टैबलेट बनाया जाता है जो क्रील ऑयल के नाम से जाना जाता है हमारी मोदी केयर कंपनी अंटार्कटिक ओमेगा फाइटी थ्री एसिड के नाम से क्रील ऑयल यह बनाई है यह बहुत ही फायदेमंद होता है छोटे झीँगे से बना हुआ होता है और मैं आप लोग बता दूँ कि इसका जितना भी मैं बखान करूँ यह बहुत ही कम है बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए और यह एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा एक तरह से माना जाता है स्रोत हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इसको पूरा डिटेल से जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बेलाइकान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा इस प्रकार का कोई वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो दोस्तों मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूँ कि यह हमारे शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है ज्वाइंट पेन के लिए फ़ायदेमंद होता है महिलाओं के लिए के लिए भी फायदेमंद होता है जो फ्रीड होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी त्वचार के लिए फ़ायदेमंद होता है इसके अलावा लीवर में भी बहुत ही अगर ज़्यादा फैट है तो उसमें भी फायदेमंद होता है और चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूं कि जो साधारण जो सिंपल जो और मछलियाँ होती हैं उसके अलावा जो फ्रील जो झींगा प्रजाति है उससे जो तेल निकाला जाता है और जो मछली का तेल होता है इसमें बहुत ही अंतर होता है जो क्रील का ऑयल होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो क्रील ऑयल होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए हमारे त्वचा के लिए बहुत ही जरूरत होता है एंटीऑक्सीडेंट और जो क्रील ऑयल होता है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है एस्टाजेंथिन नाम का होता है यह सिर्फ क्रील ऑयल में पाया जाता है और जो है यह यस जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको बढ़ाता है जो एलडीएल डी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है या मछली में से जो ऑयल निकलता है उसमें जो है एस्टाजेंथिन नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसमें नहीं होता है और ये उतना जो मछली का ऑयल होता है उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कि क्रील ऑयल फ़ायदेमंद होता है इसलिए हमारे लिए यह क्रील ऑयल बहुत फ़ायदेमंद होता है जो हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जो है घटाता है और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है वो भी हार्ट अटैक का कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट अटैक का कारण बनता है वो भी जो है सही रहता है दोनों को जो है बैलेंस करके रखता है बढ़ने नहीं देता है ट्राइग्लिसराइड को ना ही जो है कोलेस्ट्रॉल को जिससे हमारा हार्ट सही रहता है हार्ट की जो धमनियां होती हैं वो सही रहती हैं हार्ट के आसपास फैट को जमने नहीं देता है जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो पाता है जिससे हार्ट दबता नहीं है ना ही कहीं आर्टरी में जो है ब्लॉकेज होता है क्योंकि इसमें जो है जो प्लेटलेट्स होता है उसमें जो चिचिपाहट होती है प्लेटलेट्स में ज़्यादा किसी किसी के प्लेटलेट्स ज़्यादा होने के वजह से जो है हार्टरी या धमनी में जो है थक्का बनने लगता है जिसे हार्ट अटैक का कारण बनता है तो पार्ट को या प्लेटलेट्स में जो चिटचिपाहट होता है उसको तो ख़त्म भी करता है जिससे हमारे सिराओं या धमनियों में जो है ब्लड अच्छे से बहता है और थक्का नहीं बनने पाता है तो हार्ट के लिए हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है यह क्रील आयल इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारे हार्ट को जो है हमारे दिल को जो है स्वस्थ रखता है कहीं भी जो है सूजन नहीं होने देता है और जो है कहीं हमारे शरीर में जलन भी नहीं होने देता है और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है हमेशा अनियंत्रित नहीं होने देता है हमेशा नियंत्रित रखता है इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों की हमारे बॉडी में जो है तीन ग्राम प्रतिदिन जो है ये फिश का जो ऑयल होता है हमेशा चाहिए और अगर इससे कम होता है तो हमारे शरीर में जो फैट बैड फैट होता है जैसे ओमेगा नाइन होता है वो बैड फैट होता है वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमारे पेट में या हमारे लीवर में या तो हमारे हार्ट में जो है ज़्यादा सूजन होने लगती है तो ओमेगा थ्री जो होता है फैटिक एसिड यह गुड जो है फाइट माना जाता है यह जो है बर्न करता है उसको ख़त्म करता है और सूजन को ख़त्म कर देता है जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है हमारा लीवर स्वस्थ रहता है यहां तक कि हमारे लीवर में भी फाइट को कम करता है लीवर में सूजन हो जाती है उसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है फ़ायदेमंद होता है और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो महिलाएं होती हैं मासिक धर्म अनियंत्रित होता है या तो उसमें मासिक धर्म में जो है प्रॉब्लम आती है पेट में दर्द होने लगता है कमर में दर्द होने लगता है बस बहुत सी महिलाओं का जो पैरों में दर्द होने लगता है तो ऐसे में जो है क्रील ऑयल का जो ओमेगा फैटी थ्री एसिड क्रील आयल अंटार्कटिक है जो कि मोदी केयर का ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है महिलाओं के लिए पीरियड में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसके अलावा जिसको जोड़ों में दर्द है जोड़ों में सूजन हो जाती है गठिया की शिकायत है आस्ट्रियो की शिकायत है उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है क्रील ऑयल तो इसका प्रयोग करें तो आपका जो जोड़ों का दर्द है वह घट जाता है और अगर इसमें जो है जोड़ों में जो है बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाता है तो उसमें जो है यह नमी लाता है और जो है सूजन को घटा करके लचीलापन बनाता है और आसानी से जो ज्वाइंट होता है मोमेंट करने लगता है अगर आप क्रील ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अलावा मैं बताऊँ तो दोस्तों अगर अंटार्कटिक क्रील ऑयल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो माइंड को जो है बहुत तेज रखता है शार्प माइंड बनाता है बहुत तेज़ दिमाग को करता है याददाश्त बढ़ाता है और जो जो भूलने की बीमारी होती है उसको ये ख़त्म करता है तो दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी काम करते हैं तो दिमाग में थकान होने लगती है उबासी आने लगती है तो अंटारक्रटिक ओमेगा थ्री फैटी एसिड मोदिकेयर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इसके अलावा आपको तनाव से मुक्त करता है अगर आपके शरीर में तनाव है तो तनाव से मुक्त करता है और तनाव नहीं रहता है शरीर में तो आपका हृदय भी सही रहता है स्वस्थ रहता है अगर आप करील ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए आप मोदी केयर का क्रील ऑयल प्रयोग करें आपका तनाव दूर रहेगा जिसकी वजह से जो है हार्ट में जादू लोग तनाव रहते हैं उनका हार्ट जल्दी से जो है खराब होता है या मतलब समस्याएं आने लगती हैं या तो हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है तो ऐसे लोग जो है क्रील ऑयल का प्रयोग करें मोदी केयर का ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग क्रील ऑयल का प्रयोग करते हैं वे हमेशा जमा दिखते हैं तो जहाँ निखार रहता है चमक रहती है अगर आप क्रील ऑयल का प्रयोग करते हैं तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रील आयल का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है और नींद अगर अच्छी आती है तो चेहरे पे अच्छा निखार आता है और आंख की जो रोशनी होती है जल्दी घटती नहीं है अगर क्रील आयल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं क्रील आयल हमारे बाडी में बहुत आसानी से घूल जाता है हमारी स्किन में अच्छे तरीके से घूल जाता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे ब्लड में भी कोई अगर समस्या होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है और ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से जो अंटार्कटिक क्रील ऑयल होता है मोदी गियर का और मैं बता दूं दोस्तों कि जो क्रील ऑयल होता है ये रेडनेस टाइप होता है हल्का लाल टाइप होता है और जो किस का जो मछली का जो तेल होता है ऑयल होता है वो एलोइस होता है हल्का पीलापन में होता है ये इसमें दोनों में आंसर यही है तो मैंने अपने इस वीडियो में आप लोग बताया कि हमारे शरीर के लिए ओमेगा थ्री फाइटी एसिड अंटार्कटिक जो मोदी जमोदिकेयर का ये कैप्सूल है आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है या ओमेगा थ्री फाइटी एसिड हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है यह जो क्रील आयल होता है यह बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर में हर तरह से और हमारे हार्ट के लिए लीवर के लिए हमारे ब्रेन के लिए हमारे ब्लड के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है एंटी होने की वजह से हमारे शरीर में कोई घातक बीमारी भी नहीं होने पाती है तो दोस्तों मैंने आप लोगों को मोदी केयर ओमेगा थ्री फाइटी एसिड अंटार्कटिक इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया हूँ आप इसका प्रयोग करें अगर इसको कोई भी खा सकता है चाहे शुगर का पेशेंट हो चाहे बीपी के पेशेंट हो या बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं लीवर की समस्या हो किसी को वो लोग भी खा सकते हैं तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक कमेंट करने मत लीजिएगा